तो दोस्तों देखिए इस वीडियो में आपको जो है ना पठार से संबंधित सारे टॉपिक क्लियर होंगे पठार किसे कहते हैं आप नाम सुने होंगे दक्कन का पठार तिब्बत का पठार पामीर का पठार ये भाई ये पठार क्या है तो ये पठार से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है ना और सारे के सारे आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे छोटा नागपुर का पठार क्या है दक्कन का पठार क्या है मालवा का पठार क्या है पामिर का पठार क्या है ठीक है सारा कुछ समझ में आ जाएगा इस वीडियो में पक्का वादा ठीक चलिए शुरू करते हैं देखिएगा अच्छा से ये जो मैप देख रहे हैं आप ये भारत का इसको बोलते हैं थीमेटिकल मैप ऑफ इंडिया ठीक यानी कि भारत का थीमेटिक मानचित्र मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं आप जानते हैं भौगोलिक भौतिक मानचित्र होता है राजनीतिक मानचित्र होता है और एक थीमेटिक मानचित्र तो यह थीमेटिक मानचित्र है भारत का ठीक आज थोड़ी सी खांसी है इसलिए मैं थोड़ा हिचकिचा रहा ठीक तो देखिए ये थीमेटिक मानचित्र है भारत का यहाँ पे देखिए बहुत सारे पठार है पला है दक्कन का पठार दूसरा है मालवा का पठार तीसरा है बुंदेलखंड का पठार ठीक ना उसके बाद बुंदेलखंड बघेलखंड छोटा नागपुर का पठार ठीक दंड का पठार और शिलांग का पठार ये सभी पठार हैं पठारी क्षेत्र हैं। क्या है पठारी क्षेत्र पहले परिभाषा जानते हैं डिफिनेशन ठीक तो पठारी क्षेत्र इंग्लिश में प्लाटो बोलते हैं पठारी क्षेत्र पठार क्या है तो पठारी उस जगह को कहते हैं पठार उस एरिया को कहते हैं जिसका आसपास का एरिया समतल हो लेकिन जो आसपास का एरिया समतल हो लेकिन उसका कुछ भाग वह आसपास के एरिया से थोड़ा उठा हो और इसका जो ऊपरी भाग होता है वह क्या होता है एक मेज जो आप मेज में पढ़ते हैं ना चौकी सोते हैं सोते हैं उस चौकी की भांति आपका जो है यह समतल होता है इसे हम बोलते हैं पठार और जो इसकी ऊँचाई होती है ना यह अधिकतर जो ऊँचाई होती है छः मीटर के अंदर में होती है ठीक तो ये हो गया पठार का हाइट तो छे सौ मीटर उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा पठार क्या है तो ये भारत का जो ये पठारी क्षेत्र देख रहे हैं ये दक्कन का पठार या भारत का सबसे ऊंचा पठार है और भारत का सबसे बड़ा पठार भी है ठीक ये देखिए ये हो गया भारत का पूर्व चलिए पूर्व पश्चिम आपको बता दो पहले ये भारत का पूर्व हो गया ये हो गया भारत का पश्चिम ये हो गया भारत का उत्तर ये हो गया भारत का दक्षिण हाँ तो भारत के दक्षिण भाग में जो ये स्थित है दक्कन का पठार ये भारत का सबसे बड़ा पठार है ठीक पहली चीज भारत का दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है ये जो दक्कन का पठार है ना इसका क्षेत्रफल पहले बता दूं तो दक्कन के पठार का क्षेत्रफल है पाँच लाख आराम से याद हो जाएगा पाँच लाख किलोमीटर स्क्वायर पाँच लाख किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर ठीक दक्कन के पठार का क्षेत्रफल यह कितने राज्यों में फैला है तो दक्कन का पठार टोटल आठ राज्यों में फैला है कौन कौन से राज्य आपको नाम भी मालूम होने चाहिए तो चलिए बता दूं महाराष्ट्र एक नंबर पे आएगा महाराष्ट्र दो नंबर पे आएगा मध्य प्रदेश ठीक एमपी तीन नंबर पे क्या आएगा आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़ रख लीजिए ठीक ना सीजी छत्तीसगढ़ उसके बाद हम रख लेते हैं केरल आता है कर्नाटक आता है उसके बाद आता है आपका तमिलनाडु तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उसके बाद ओडिशा भी आ जाता है ठीक ओडिशा इन सभी आठ राज्य आते हैं किसमें ये दक्कन के पठार में सोच तो हाँ तो ये आ गए हमारे दक्कन के पठार में कितने राज्य आठ और अब बात करते हैं दक्कन का पठार यह तीन भागों में क्यों बटा है तो दक्कन के पठार को तीन बड़े भागों में उप भागों में बंटा गया जैसे उप पठार बोलते हैं ठीक उप पठारी क्षेत्र दक्कन को तीन उप पठारी क्षेत्रों में बांटा गया है कौन कौन आइए आपको क्लियरली सामने से दिखाते हैं ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे क्लियरली ये जो तीनों भाग बांटे गए हैं ये दक्कन के उप पठारी भाग हैं पहला भाग बांटा गया है इसे हम बोलते हैं महाराष्ट्र का पठार ठीक है इसको तीन भागों में बांटा गया है दक्कन के पठार को तीन भागों में पहला भाग का क्या नाम है महाराष्ट्र का पठार दूसरे भाग को हम बोलते हैं आंध्र प्रदेश का पठार या तेलंगाना का पठार जो भी आप नाम पुकारे दोनों नाम पुकार सकते हैं और ये जो तीसरा पठार है इसको हम बोलते हैं कर्नाटक का पठार या मैसूर का पठार क्योंकि कर्नाटक का पुराना नाम मैसूर था पहले ठीक ना ये चीज हो गए, अब देखिए यहाँ पे आपको दिखा दूँ दूसरा पठार ये जो पूरा का पूरा पठार है इसका हम बता दें आपकी पाँच लाख कितनी है पाँच लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला है और इसकी हाइट कितनी है छह मीटर और आठ राज्यों में फैला है भारत के दक्षिणी राज्य है ठीक दूसरे नंबर पे पठार आता है हमारा छोटा नागपुर का पठार जो कि तीन राज्यों में फैला है ठीक है न छोरी चार राज्यों में फैला है पाला है झारखंड छोटा नागपुर का पठार सर्वाधिक किस राज्य में फैला है झारखंड में ठीक दूसरे नंबर पे है बिहार तीसरे नंबर पे है उड़ीसा और चौथे नंबर पे है आपका पश्चिम बंगाल तो छोटा नागपुर का पठार फैला है चार राज्यों में और दक्कन का पठार फैला है आठ राज्यों में एकदम आसान से याद हो जाएगा ये आठ ये चार राज्यों में ठीक सबसे ज़्यादा इसका भाग जो है यह किसका भाग है झारखंड का सबसे ज़्यादा छोटा नागपुर ठीक छोटा नागपुर का पठार दो पठार हो गए अब देखिए मैं इम्पोर्टेंट पठारों के बारे में बता देता हूँ बुंदेलखंड का पठार ये जो बुंदेलखंड का पठार है ना यह मुख्य रूप से जो है आपका यूपी में आता है एम में आता है और छत्तीसगढ़ में आता है तीन राज्यों में फैला है ठीक उसके बाद हम बात कर लेते हैं मालवा का पठार तो मालवा का पठार मुख्य रूप से यह एम पी में ही आता है ठीक मध्य प्रदेश में मालवा का पठार उसके बाद बुंदेलखंड का पठार तो बुंदेलखंड का पठार दो राज्यों में कौन कौन पहला राज्य छत्तीसगढ़ और दूसरा राज्य हमारा एमपी ठीक ना उसके बाद यहाँ पे देखिए दंडकारण्य का पठार दंडकारण्य का पठार जो कि ओडिशा में आता है और छत्तीसगढ़ में आता है ठीक ओडिशा और छत्तीसगढ़ दो राज्यों में यह दंडकारण्य का, का पठार है और एक पठार है पे शिलांग शांग का पठार यह शिलांग मिजोरम में आता है तो इन सभी को पठार क्षेत्र कहा जाता है जो कि अपने आसपास का जो एरिया होता है उससे थोड़ा ऊंचा होता है और उसका ऊपरी भाग जो है प्लेट के भाती सप समाट जो समतल बोलते हैं ना सपाट ठीक ना उससे ही प्रकार होता है लाइनिंग बना होता है ऊपर में ऊपर में आप आसानी से चल सकते हैं जबकि पर्वत जो होता है पर्वत का ऊपर भाग शीर्ष भाग होता है इस प्रकार का ठीक इस प्रकार का पर्वत होता है और पठार का भाग कैसा होता है ये समतल हो जाता है तब उसे हम पठार बोलने लगते हैं और इसकी अधिकतम ऊंचाई मतलब जनरल पठार की अधिकतम ऊंचाई होती है कितनी होती है तो इसकी ऊंचाई रखी गई है 600 मीटर 600 मीटर से छोटा ही होता है अक्सर पठार ठीक किसी किसी स्थिति में यह बड़ा हो जाता है ठीक अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूँ ध्यान रखिएगा भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार और विश्व का सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार ठीक तिब्बत का पठार विश्व की छत किस पठार को कहा जाता है तो पामीर के पठार को कहा जाता है पामीर के पठार को जो है विश्व की छत कहा जाता है ठीक और इसे प्याज वाला पठार भी कहा जाता है पामीर का पठार चीन में है तो ये पामीर का पठार को प्याज वाला कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो पामीर का पठार था ना उसमें क्या प्याज भी उगता था जंगली प्याज इसलिए इसे प्याज वाला पर्वत या प्याज वाला पठार भी कहा जाता था तो ये चीज हो गई हमारे पठार क्षेत्र के बारे में पठारी क्षेत्र का क्या फायदा है अब जान लेते हैं तो पठारी क्षेत्र का फायदा ये है कि पठारी क्षेत्र जितने भी होते हैं ना इन सभी को यह जो होता है धरती से ऊंचा उठा होता है जैसे ये जमीन आई उसके बाद ये ऊंचा उठ गया तो ये पठारी क्षेत्र हो गया जैसे ये धरती आई ये ये, ये ये इस प्रकार उठा और ये पठारी क्षेत्र बन गया तो ये जो बीच का उठा हुआ भाग होता है ना इसमें भरा होता है हमारा माल इसमें यानी कि इसी में भोरा भरा होता है जैसे कोयला भरा हो गया तो जितने भी पठारी क्षेत्र होते हैं उन सभी में हमें खनिज मिलता है क्या मिलता है खनिज जैसे यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार यहाँ पे कोयला का पूरा भंडार है कोयला झारखंड का मालूम ही होगा कोयला अबरक ठीक ना ये जो स्थान है ना पूरा भरा हुआ है छोटा नागपुर का पठार ये अब हम बात कर ले तो दक्कन के पठार तो दक्कन के पठार कोलार की खान कर्नाटक में है ठीक ना आपको मालूम ही होगा सोने की खान है तो इन सभी पठारों में जितने भी पठारी क्षेत्र होते हैं ना उन सभी में क्या छिपा होता है खनिज संपदा आपको मालूम ही होगा छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में भी कितने कोयले की खान है ठीक ना एमपी में कितने कोयले की खान है यहाँ पे आता है मालवा का पठार इसमें राजस्थान वगैरह का भी एरिया थोड़ा कवर होता है तो इसमें भी आता है तांबाई की खान खेतड़ी में तो जितने भी ये पठारी क्षेत्र होते हैं उनमें क्या होते हैं खनिज पठारी क्षेत्रों में क्या पाया जाता है खनिज पाया जाता है ठीक ना तो ये हो गए हमारे पठारी क्षेत्र इनसे फ़ायदा क्या है ये भी जान लिए और पठारी क्षेत्र किसे कहते हैं ये भी जान लिए भारत का सबसे ऊंचा पठार क्या है दक्कन का पठार ठीक और यह कितने राज्यों में फैला है आठ राज्यों में छोटा नागपुर का पठार राज्यों में फैला है चार राज्यों में ठीक यहाँ पे बता दो छोटा नागपुर के पठार का जो एरिया है क्षेत्रफल यह पैंसठ हजार वर्ग किलोमीटर है पैंसठ किलोमीटर स्क्वायर ठीक और छोटा नागपुर के पठार की ऊंचाई कितनी है तो तेरह मीटर पठार की ऊंचाई है तेरह मीटर ठीक तेरह पैंसठ भी लिखा जाता है कहीं कहीं पे कहीं पचास लिखा जाता है जबकि ये जो दक्कन का पठार है इसकी ऊंचाई हाइट कितनी है इसकी छह सौ मीटर है लेकिन इसका क्षेत्रफल ज्यादा है ठीक इसका क्षेत्रफल पाँच लाख है और इसका क्षेत्रफल पैंसठ हजार है ठीक तो ये दोनों अंतर है डिफरेंट है और बाकी सभी छोटे छोटे पठार हैं तो आज हम लोग जान लें कि पठार क्या है इसके क्या उपयोग हैं और क्या फायदे हैं पठार किसे कहते हैं इसकी हाइट क्या है भारत का सबसे ऊँचा पठार क्या है विश्व का सबसे जो हाईएस्ट पठार है दुनिया की छत किसे कहते हैं ये सभी चीज़ें जान ली ठीक और अब भी कोई दिक्कत हो आपके मन में पठार से लेकर के तो प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा हम आपको उत्तर उसका जवाब जरूर देंगे हाँ ये मालवा का पठार कहाँ पे है ना ये थोड़ा मेरा संचय है क्योंकि यह राजस्थान का भी इलाका कवर करता होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है और एम का भी ठीक ना यहाँ पर मैंने थोड़ी गलत बोल नहीं राजस्थान और एम का ही इलाका कवर करता है हाँ पक्का राजस्थान और एमपी दो ही राज्य मालवा का पठार में ठीक तो चलिए आप किस राज्य में है ये बताइएगा और आप ये भी बताइएगा आप हमें कमेंट में कि आपका राज्य जो है किस पठार के अंतर्गत आता है चलिए देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं कितने लोग नहीं ठीक ना फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए भाई अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा क्योंकि जान है तो जहान है भाई अच्छासी हो गई थी